दारू के चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे, मेरे, मेरे, मेरे फलक तक चल चल चल हे के जदर तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक फलक तक तक चल चल साथ मेरे चल, जल, जल, जल। चल वो चौबारे ढूँढे जिनमें चाहत की बूंदे सच कर दे सपनों को सभी फलक फलक फलक फलक तक तक तक तक साथ साथ साथ मेरे तक चल साथ चल, तक चल साथ मेरे रातू को करे शरारत बैठा है खिड़की पे तेरे इस बात पे चांद भी बिगड़ा कथरा पिघला को मेरी डुबा तो तुझे मैं सजा दू सोह तुझ से फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल